तो मेंशन है आप में शुरू करते हैं आज पूरी तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा टॉप टेन गेम्स लाइक पबजी एंड फ्री फायर तो शुरू करते हैं आज पूरे उससे पहले आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो तो शुरू करते हैं हमारे आज की गाइज नंबर टेन पे आती है बैटल ग्राउंड सड़वा शूटर और ये फुल पबजी वाला एक्सपीरियंस आपको दे देगी और बस सो so, एम में आपको फुल पबजी मैप तो मिल ही जाएगा और आपको स्किन्स भी मिल जाएंगी तो गाई चलते हमारे नेक्स्ट भाई जो हमारी नेक्स्ट गेम आती है वो है पिक्सल अन बैटली ग्राउंड ग्राम तो वो भाई ये गेम आपको पिक्सेल में मिल जाएगी और इसका जो गेम प्ले है वो फुल पबजी वाला है और इसमें आपको बहुत सारी यूनिक चीज़ें भी मिल जाएंगी तो यार कैसे लगी ये गेम तो वो मुझे कमेंट में बता देना तो चलते हमारे नेक्स्ट सेवेंथ नंबर पर जो गेम आती है वो है कर फायर शूटिंग थ्री गेम तो यार इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है बस आपको यहाँ पर एक हंटर बनना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स भी मिल जाएंगे जिनके अलग अलग स्किल्स है और इसे आप यूज़ कर सकते हो और ये गेम बहुत ज़्यादा हाई ग्राफिक्स वाली है और बस तीन सौ में आपको ऐसी हाई ग्राफिक्स गेम देखने को मिल रही है तो यार चलते हमारी अगली गेम अगली गेम है स्कार फॉलकम बैक तो यार इस गेम की तो भाई मैं बात ही नहीं करता क्योंकि भाई सबको ही मालूम है कि स्कार क्या है जिनको नहीं पता तो भाई स्कार एक आ, मतलब पबजी और फुटफॉल का मिक्स है और इसके ग्राफिक्स सब कुछ एकदम मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे है और इसको खेलने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि भाई ये गेम बकवास है मतलब एकदम अच्छी वाली गेम है आपको बहुत सारे मैप्स भी मिल जाएंगे इसमें बहुत सारे गन स्किन्स और कपड़े भी मिल जाएंगे बंडल्स मिल जाएंगे आपको और कैरेक्टर्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कंट्रोल्स भी इसके बहुत ज़्यादा स्मूद है और खेलने में भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सिर्फ इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है छः सौ है इसका साइज़ तो यार चलते हमारे जो हमारी अगली गेम इस लिस्ट में हमारे आती है वो है फायर लाइट एटी फोर तो गाइज़ ये गेम भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसमें आपको इंटेंस ग्राफिक्स मिल जाएंगे बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे और भाई यहाँ पर बहुत यूनिक यूनिक फ़ीचर्स आपको मिल जाएंगे कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं बंडल्स सब कुछ इसमें आपको जो पबजी में मिलता था वो सब आप इसमें मिल जाएगा तो यार इस ये गेम बहुत ज़्यादा ही अच्छी है बस इसका साइज ज़रा बड़ा है नौ सौ बीस का साइज है तो यार चलते हमारी अगली गेम पे सो so सोगा जो हमारे अगली गेम आती है वो है सरवाइवर स्कॉर मिशन तो यार ये बहुत मतलब सबको ही मालूम है कि सर्वाइवर स्कॉर सीरीज बहुत ज़्यादा एकदम पबजी की कॉपी कर मतलब बहुत पूरी कॉपी है पबजी की देख सकते हो लूट से लेकर भाई जून तक सब कुछ पबजी का कॉपी है और जब आप इस गेम को खेलोगे ना तो भाई आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई अदर गेम खेल रहे हो आपको लगेगा कि भाई ये पबजी है तो यार चलते हैं हमारी अगली गेम पे पर हमारी अगली गेम में वो भी सर्वाइवर स्कॉल्ड की एक सीरीज़ का गेम है इसका नाम है सर्वाइवर स्कॉल कमांडो सीक्रेट तो यार ये इस गेम में आपको फुल मतलब पिछले वाले जो गेम है उससे भी ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स और बड़ा मैप मिल जाएगा जो कि फुल पबजी वाला होगा और भाई इसमें तो भाई मतलब आप बंदों के साथ भी खेल सकते हो तो चलते हमारे अगली गेम पे तो आई जो हमारी अगली गेम है उसका नाम है मास् गन एफ शूटिंग गेम तो यार मास गन एक एफ शूटिंग गेम है जिसमें आपको बहुत सारे मैप्स मिल जाएंगे बहुत सारे गन् स्केंस मिल जाएंगी और इसमें भाई आपको एकदम फुल एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो चलते हमारे जो तो हमारी गेम अगली है उसका नाम है सरोल अन बैटल रॉयल तो गए इस गेम को खेलने के बाद तो भाई कोई कहेगा ही नहीं कि भाई ये पबजी की कॉपी नहीं है तो भाई आपको इसमें पबजी का मैप मिल जाएगा टी मिल जाएगा और आपको मीरा मार भी मिल जाएगा तो भाई ये गेम फुल मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि भाई मैं कोई अलग गेम खेल रहा हूँ मतलब ऐसा लगेगा कि भाई पबजी मतलब फुल पबजी ऐसा लगेगा आपको मतलब कंट्रो, कंट्रोल्स भी इसके सेम है मैप भी वैसा ही वैसा है हाँ बस जरा ये नाम अलग है क्योंकि एक इंडियन गेम है बस तीन सीमें में भी मैं आपको फुल पबजी वाला एक्सपीरियंस मिल जाता है चलते हैं हमारे अगले गेम पे सो so, गाय जो हमारी आपकी गेम आती है उसका नाम है सर्वाइवल फायर बैटल ग्राउंड और भाई ये गेम मतलब मतलब ऐसे फुल पबजी है भाई मतलब पबजी मतलब उसकी लॉबी से लेकर भाई मैप्स तक फुल पबजी है मतलब भाई इस बंदे ने ना भाई पूरा इरांगल डाल रखा है वीकेंड ही इसमें मीठा मार भी है इसमें भाई इसमें टीडीएम भी फुल वैसा ही है और ये फुल ऑफलाइन गेम है बस 400 सौ में आपको इतना सब कुछ मिल रहा है एक गेम में मतलब भाई 400 में, में फुल पबजी मिल रही है इमोट्स भी है इसमें इसमें इमोट्स है बैक की स्किन है गन की स्किन है हमारी मतलब क्लोथ्स है लूट की स्किन भी है इसमें तो यार इतना सब कुछ मिल रहा है भाई मतलब और इसमें ना डायमंडस भी होते हैं मतलब लाइक फुटफायर में और इसमें आप क्लिक भी कर सकते हो आइटम्स लाइक हम फ्री फायर और पब्जी में करते हैं यूसी और डायमंड से इसमें भी आप कर सकते हो और इसका मैप भी बहुत ज़्यादा बड़ा है इतना ज़्यादा बड़ा है ना भाई मतलब फुल पबजी इेंगल डाल रखा है भाई बंदे ने कंट्रोल्स भी आप कस्टमाइज कर सकते हो इसमें तो चल जो भाई आज की वीडियो इधर तक की है तो यार और आपको गेम्स मालूम होते यार मुझे कमेंट भी बता देना तो यार आज के लिए इतना ही तब तक के लिए